जय हिंद ए जी लेक्चर का पार्ट छः है एक से पाँच तक के पार्ट देखने के लिए हमारे आई बटन पर क्लिक करें या फिर चैनल पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर उनसठ के साथ निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल बिल की विशेषताएँ थी ऑप्शन एक है यह आंतरिक इच्छा अभिव्यक्ति है दो यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है तीन यह स्थायी है चार यह व्यक्तिगत है तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए और पेपर पेन लेकर मेरे साथ साथ हल करिए आखिरी बताइएगा कितने नंबर आप सही कर पाए हो तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा चौथा गलत है प्रश्न नंबर साठ राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है यह कथन किससे संबंधित है ऑप्शन ए प्लेटो बी अरस्तु सी टॉमस एक्विनास डी बोंदा इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरस्तु प्रश्न नंबर इकसठ रूसों की प्राकृतिक अवस्था में ऑप्शन ए मनुष्य को ज्ञान था कि सदाचार क्या है बी मनुष्य को ज्ञान था कि बुराई क्या है सी मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था डी मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों को दोनों का ज्ञान था इसमें सही बताना है सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था प्रश्न नंबर बासठ अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई इनके द्वारा आपने हाप्स द्वारा बी लॉक द्वारा सी मार्क्स द्वारा या फिर रूसो द्वारा हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता है दिक्कत होती है आपको इसलिए हम सीधा आंसर बताएंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लाख ने अभिकथन और कारण दिया है देखिए क्या है अभिकथन प्रश्न नंबर तिरसठ है अभिकथन ए है रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु के बराबर है तर्क क्या है समान भावनाएँ जीवन को मोल्य देती हैं तो बताइए क्या है सही उत्तर इसका क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है या फिर ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है या फिर ए सही है आर गलत है या फिर ए गलत है आर सही है तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर तिरसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है प्रश्न नंबर चौंसठ लाक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया ऑप्शन है राजनीतिक निरंकुशवाद को न्याय संगत ठहराने के लिए बी न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए सी उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए डी राज्य के प्रत्येक नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्याय संगत ठहराने के लिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय ठहराने के लिए प्रश्न नंबर पैंसठ हाफ्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है ना कि अधिकार क्यों क्या ऑप्शन एक सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है या बी अधिकारों में कर्तव्य भी शामिल होंगे या सी सत्ता और अधिकार में एक अंतर अंतर्निहित टकराव है या फिर डी व्यक्तियों के बीच सहमत जुटाना कठिन है बताइए प्रश्न नंबर पैंसठ का उत्तर बताइए आप लोग तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी व्यक्ति के बीच सहमत जुटाना कठिन है प्रश्न नंबर छाछ निम्नलिखित में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था ए बेन्थम बी लास्की सी जीएस मिल या फिर डी स्पेन्सर तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीएस मिल प्रश्न नंबर सड़सठ निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी सी स्वामी विवेकानंद या फिर डी राजा मोहन राय तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण प्रश्न नंबर अड़सठ मार्क्सवादियों का मत है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति हुई है किसके कारण से ऑप्शन ए जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन का व्यतीत करना तथा खेती करना प्रारंभ किया तब से बी आदिकालीन समाज में ही सी राष्ट्रीय राज्य की उत्पत्ति के बाद या फिर डी औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति के बाद प्रश्न नंबर अड़सठ प्रश्न नंबर अड़सठ का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना तथा खेती करना प्रारंभ कर दिया था तब से प्रश्न नंबर बनहत्तर समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक तो और सही है तथा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती काल मार्क्स के अनुसार यह विश्वास किस अभिकरण के द्वारा संभव हुआ है ऑप्शन ए सेना के द्वारा बी पुलिस द्वारा सी शिक्षा व्यवस्था द्वारा या फिर डी सामाजिक और आर्थिक स्थिति द्वारा प्रश्न नंबर बनहत्तर प्रश्न नंबर उनहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिक्षा व्यवस्था द्वारा प्रश्न नंबर सत्तर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को मूल रूप से कब प्रकाशित किया गया था 1850 में अठारह में या फिर 1830 में या फिर अठारह में इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अठारह में प्रश्न नंबर इकहत्तर भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है ऑप्शन इस का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मनुस्मृति बहत्तर कौटिल्य की शाठ गुण नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है ऑप्शन आसन बी विग्रह सी संश्रय या फिर डी यान इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जान। प्रश्न नंबर तिहत्तर कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है ऑप्शन ए विधि का निर्माण करना बी अति जीवन जीना सी विधि को लागू करना या फिर डी आतिताई अधिकारियों को दंडित करना प्रश्न नंबर तिहत्तर का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विधि को लागू करना प्रश्न नंबर चौहत्तर निम्न में से कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया है ऑप्शन अर्थशास्त्री मनुस्मृति सी दी लाइफ डिवाइन या फिर डी आनंद मठ प्रश्न नंबर चौहत्तर का सही उत्तर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मनुस्मृति सूची मिलाना है तो संपूर्ण क्रांतिकार संबंध किससे बिहार राज्य से नवनिर्माण आंदोलन इसका संबंध है गुजरात से नक्सलवादी का संबंध है पश्चिम बंगाल से और दलित संयंत्र का संबंध है महाराष्ट्र से तो इस प्रकार से जो कोड बनेगा वो बनेगा फोर थ्री टू वन ये फोर ए में भी है फोर सी में भी है और b थ्री बी में थ्री है जबकि b में टू है तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन प्रश्न नंबर छिहत्तर निम्नलिखित में से कौन सा में सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए खुदीराम घोष जज किंग्सफोर्ड के सुन रहे थे उस समय बी बारिंद्र कुमार घोष ढाका षडयंत्र अभियोग चला था सी तारकनाथ दास हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका डी लाला हरदयाल युगांतर सर्कुलर इसमें बताना है कि कौन सहयोग में सुमिलित नहीं है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बारिंद्र कुमार घोष ढाका षडयंत्र अभियोग से संबंधित नहीं है या बारिंद्र कुमार घोष या बारिंद्रनाथ घोष का संबंध युगांतर जिसे युगांतर भी कहते हैं बंगाली पत्रिका के संपादक से है प्रश्न नंबर सतहत्तर 1932 के साम्प्रदायिक पंचायत का निम्न में से किसने विरोध किया था ऑप्शन ए एम गांधी बी बी आर अम्बेडकर सी बी जी? तिलक डी एम जी प्रश्न नंबर 77 का सही उत्तर, तो सही उत्तर उत्तर बताइए तो होगा ऑप्शन ए बत्तीस के मध्य हुए गोलमोल सम्मेलनों में से किसमें भाग लिया था ऑप्शन ए प्रथम बी द्वितीय सी तृतीय या फिर डी इनमें से कोई नहीं बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्वितीय प्रश्न नंबर उन्यासी इसको सही क्रम में रखना है तो नंबर एक नंबर एक पर है गदर पार्टी नंबर दो पर है खिलाफत आंदोलन तीन पर है डांडी मार्च और चार पर है चंपारण सत्याग्रह तो इसको काल के अनुसार सही करना है कि सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ फिर लास्ट में क्या हुआ तो बताइए उनका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वन फोर टू थ्री सबसे पहले बनी इसमें जो दिया है उसमें हुई गदर पार्टी 1913 में फिर चंपारण हुआ 1917 में फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में लास्ट में डांडी मार्च 1930 में प्रश्न नंबर 80 अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक अनटचेबल में अछत उद्भव के लिए निम्नाकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है ऑप्शन तो, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव प्रश्न नंबर इक्यासी कौन सा समूह अंबेडकर पर पड़े प्रभावों का सही प्रदर्शन करता है ऑप्शन ए बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले बी बुद्ध मनु ज्योतिभा फूले श्री बुद्ध तुलसीदास कबीर या फिर डी कबीर ज्योतिबा फूले सूरदास इसमें बताना है कि बी आर अम्बेडकर पर सबसे पहले किसका प्रभाव पड़ा फिर उसके बाद किसका प्रभाव पड़ा यह बताना है किनका किनका पड़ा है तो प्रश्न नंबर इक्यासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन ये बुद्ध का कबीर का और ज्योतिभा फूले का प्रभाव पड़ा है बी आर अम्बेडकर के ऊपर प्रश्न नंबर बयासी सुप्रीम कोर्ट में केशवा भारती बनाम केरल राज्य मामले में भारत के संविधान के संबंध में किस अवधारणा की, की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन ए संसदीय संप्रभुता की, की, की बी सहकारी सी सहयोगवादी लोकतंत्र या डी बुनियादी संरचना की प्रश्न नंबर बयासी का सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बुनियादी संरचना की प्रश्न नंबर तिरासी संविधान के अनुच्छेद इक्यावन ए के अनुसार निम्न में कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य हैं आपने समाजवाद पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र में विश्वास करना दो संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वजित तथा राष्ट्रगान का आदर करना भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना चार है देश के नागरिक संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना पाँच है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता करना तो इसमें बताना है कि कौन सा दिया है इक्यावन ए में